सिंधौली में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पुलिस प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो नजदीकी थाने में इसकी जानकारी दें सितरणी थाना क्षेत्र सहित विंध्यनगर क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई जा रही है बताया जा रहा है की कोतवाली क्षेत्र के कचनी गाँव में कुछ लोग साधु के भेष में खाना मांगने आए थे तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि यह बच्चा चोर है यह अफवाह सुनकर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और साधु के भेष में जो लोग थे उनके ऊपर हमला कर दिया इसकी सूचना लोगों ने कोतवाली थाना प्रभारी को दी इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने कहा है कि जिले में कहीं भी बच्चा चोरी की घटना सही नहीं है जो भी इस तरह की अफवाह फैलाते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है लोग इस तरह की फर्जी अफवाहों से सतर्क रहे जिला पुलिस प्रशासन सिंगरौली की तरफ से सिंगरौली की जनता से विनम्र अनुरोध है की बच्चा चोरी के संबंध में जो भी सूचना उन तक आ रही है वो सारी की सारी की सूचना अफवाह के रूप में फैल रही है उन अफवाहों पर संबंध में, कोई कोई में। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे आप लोग सभी सुरक्षित है आपके बच्चे सुरक्षित हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा इन सूचनाओं की अगर आपके पास कोई सूचना आती है तो उसकी तस्दीक के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से निचे स्तर तक ये सूचना पहुंचा दी गई है अफवाहों की जानकारी पहुंचा दी गई है कि ऐसी अफवाहें अगर आती हैं तो आप हमको सूचित करें हम तुरंत तो कार्रवाई करेंगे What changes changes the the the the the the the the the the world, world world world, world. of of opportunities, inspirations. We are LNCT LNCT Group, Group, where every beginning changes the world, providing best best best best. results, highest packages, and delivering the best manpower to to biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call